दोस्तों आज हम फिंगरप्रिंट डिवाइस जिसका नाम है मंत्रा इसका रिव्यू करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कि कितना काम अच्छा करती है हमारी ये फिंगरप्रिंट डिवाइस और हमारे मन में जो सवाल रहते हैं कि मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस लें या फिर मोरफो फिंगरप्रिंट डिवाइस लें ये बहुत लोगों में कन्फ्यूजिंग रहती है और हम इस वीडियो में देखेंगे और आपके अकॉर्डिंग लगता है कि आपको और ज़्यादा या फिर इतने में ही काम चल जाएगा तो ये डिवाइस ज़रूर लें तो हम देखते हैं इसको ये है फ़्लिपकार्ट से हमने इसको बाय किया है और इसका प्राइस जिस टाइम हमने ख़रीदा जिस टाइम साढ़े सत्रह सौ का है और हमको कुछ डिस्काउंट मिला है एम एक्स एम कार्ड से जो कि तीन सौ रुपया इस टाइम एम कार्ड पर uh, डिस्काउंट मिल रहा है तो आप एम कार्ड आपके पास है मूवी कोक का तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं तीन का तो हम इसको पहले क्या करेंगे ये देख सकते हैं आप हमारा ये इसको अनबॉक्सिंग करेंगे हम इधर से नहीं इधर से करेंगे ठीक है तो यहाँ रख दिया हमने और इसको यहाँ से कैंची उठाया हमने और यहाँ साइड से इसको पहले काट लेंगे यहाँ इसे काटेंगे इसको काटेंगे इसे और फिर इधर घुमा के इसको काट लेंगे उसके बाद यहाँ पर ये यह कर लेंगे तो यहाँ से इसको काट लेंगे और ये हमारा कट चुका है इसको ऐसा खोलेंगे इसको ऐसा खोलेंगे इसके बाद देखते हैं कितना अच्छा पैकिंग है फ्लिपकार्ट की एक अच्छी खासियत है जो पैकिंग बहुत अच्छा करती है ये देख सकते हैं इसके अंदर भी एक पैकिंग है और यहाँ से हम निकालेंगे अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस इसको इधर रख देंगे और ये हमारी है एम एफ एस हंड्रेड ये मॉडल नंबर है ये देख सकते हैं आप मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैंतीस सौ की है लेकिन इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है और बाकी डिटेल्स इसमें देख सकते हैं आप फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर खरीदेंगे तो आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाता है और भी आपकी शॉप से भी जा सकते हैं डिस्काउंट मिल सकता है तो अब इस अब इसको हम खोलेंगे इसको खोल के देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है इसको हम इधर रख देंगे और इसको यहाँ से खोलेंगे ये खुलने वाला बना हुआ है और इसको ऐसे आगे करेंगे इधर उठाएंगे इसको फिर देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है सबसे पहले हम देखते हैं ये है फिंगरप्रिंट डिवाइस ये देखो पैकिंग अच्छी है इसको हटा देंगे ये हमारी फिंगर प्रिंट डिवाइस है और इसके साथ में हमारे ये ओ मिला है ओ अगर आपके मोबाइल में ये मिनी यू लगती है तो आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा अगर टाइप से लगती है तो आपको बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा तो आप कर सकते हो अगर ये आपको फिंगर प्रिंट डिवाइस काम करते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हो और देखते हैं बॉक्स में क्या मिल रहा है ये हमारे स्लिप मिली है इसलिए इसको साइड में रख देंगे और देखते हैं क्या है। ये क्लॉथ क्लॉथ मिला है इसको यहाँ इसको साफ़ करने के लिए होता है इस ग्लास को इससे क्या इस स्क्रेच नहीं आएगा गंदी हो जाए तो साफ करने के लिए और देखते हैं इसमें बॉक्स में क्या है इसमें ये मिला है छोटा सा है ज़्यादा बड़ा नहीं है इतना बड़ा है मेनू कार्ड ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया है इसको रख देते हैं साइड में हमारा काम का भी नहीं है अब देखते हैं ये हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस ये, इसको हम इधर से फिंगर लगाएं या इधर से लगाएं सब तरफ कैप्चर कर लेता है तो हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे कनेक्ट करना तो आपको आता ही होगा आसानी से कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ये देख लेंगे दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन अगर मोबाइल में चला रहे हैं तो दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा तो मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वहां पर से आपको लिंक मिल जाएगी और वहां से आप डायरेक्ट जाके दोनों ऐप को इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं ये आपके मोबाइल में लगती है तो आप इसको लगा सकते हैं अगर टाइप से लगती है तो अलग से परचेस करना पड़ेगा आपको मैं इसको इसी में फिर से कनेक्ट कर देता हूँ और ये देख सकते हैं कंपनी का नाम मंत्रा और ये आप देख सकते हैं नीचे से भी कितना अच्छा रबरिंग है स्लिप नहीं करेगा है ना इसको टेबल पर रखेंगे तो स्लिप नहीं करेगा रबरिंग है बच्चा है हमको तो अच्छा लगा ही और हम अपना मोबाइल ओपन कर लेते हैं एक ऐप्स में आपको ले जाते हैं और आधार ट्रांजेक्शन करके दिखाते हैं कितना अच्छा ट्रांजेक्शन करता है बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि ये अच्छा नहीं वो अच्छा है तो आपके हिसाब से अगर ये अच्छा है तो आप यहाँ पर इसको परचेस कर सकते हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं है साढ़े में मिल जाएगा डिस्काउंट चल रहा है कुछ और कम मिल जाएगा तो हम यहाँ पर स्पाइस मनी को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम मिनी स्टेटमेंट देखना चाहेंगे फिंगरप्रिंट का यूज़ करने के लिए यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट में क्लिक किया यहाँ पर अपना बैंक सर्च कर लेंगे सेंट्रल बैंक है यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे अपना जो भी आपका आधार नंबर हो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर एग्री करेंगे एग्री करने के बाद यहाँ पहले अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे फ़िंगरप्रिंट डिवाइस और हमने डाल दिया आधार नंबर मोबाइल नंबर आई एक्सेप्ट कर लिया है टिक लगा दिया है उसके बाद स्क्रीन फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं हमारी फिंगरप्रिंट काम करती है कि नहीं मंत्रा आरडी सर्विस अलाउ मंत्रा आरडी सर्विस टू एक्सेस एस एम ओके कर लेंगे इसको हम और ये रेडी हो गई हमारी ये देखिए राइट चल गई हम इस पर क्लिक करेंगे इतनी देर के बाद हमने क्लिक किया फिर भी देखते हैं कितनी फास्ट काम करता है ये देखो हमारा कैप्चर कैप्चर कर लिया है फिंगर को और ये हमारा थोड़ा नेटवर्क स्लो इसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है लेकिन फिंगर कैप्चर तो फटाख से कर लिया है ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और ये हमारा आ गया है मिनी स्टेटमेंट यहां से आप देख सकते हैं हमारा मिनी स्टेटमेंट और ये आप जानना चाहते हैं कैसे प्रिंट करें तो प्रिंट भी देख सकते हैं यहाँ पर रिसीप्ट को प्रिंट कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं ये मिनी स्टेटमेंट आ गया है है न तो आप इसी तरह से आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं और आपका कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है ये भी देख सकते हैं फिर से आपको करके दिखा देते हैं सेंट्रल बैंक हमने चूज़ कर लिया आधार नंबर डाल लेते हैं यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे लेंगे यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद इस स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे देखते हैं कितनी फ़ास्ट होता है और आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा फास्ट चाहिए इससे ज़्यादा फास्ट चाहिए तो दूसरी डिवाइस परचेज कर सकते नहीं तो ये तो काफ़ी है मेरे हिसाब से यहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं स्कैन इस फिंगर इसको क्लिक कर लिया और यहाँ पर हमारी लाइट जल के आ गई इस पर हमने अपना थम रख दिया और हल्का सा रखा है ज़्यादा प्रेस भी नहीं किया और ये कैप्चर कर लिया हमारा फिंगर अरे कैप्चर करके ये देख लीजिए आगे और क्या चाहिए इससे ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी इतना अब आपके मन में कंफ्यूजिंग जो रही होगी वो दूर हो गई होगी कि कौन सा डिवाइस खरीदें कौन सा ना ख़रीदें हमारी राय है आपकी जो भी खरीदने का प्लान बना लिया ख़रीदिए लेकिन हमारी राय है कि ज़्यादा पैसे खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं इसी से काम हो जा रहा तो इसी को यूज़ करें और इसे भी लॉकडाउन चल रहा है ज़्यादा खर्चा ना करें मनी सेव करके रखें और मज़े लें लाइफ के दूसरे जगह पैसा खर्चा कर दें इसकी जगह ये काफ़ी है इतना मोटरफो डिवाइच लेने की ज़रूरत नहीं है ये भी काम कर जाएगी अगर आपका बहुत हैवी काम है तो आपको मोटरफो डिवाइच लेना चाहिए नहीं तो मैं तो बोलूँगा ये काफ़ी है मैं तो इसको फाइव स्टार में से फोर पॉइंट देता हूँ फर्स्ट क्लास मेरे हिसाब मेरे हिसाब से और क्या चाहिए मुझे मेरे लिए तो बहुत अच्छी है सीएससी चला सकते हैं सीएससी के लिए मनी ट्रांसफ़र के लिए आधार विड्रल कितना भी हो काम करेगा बराबर तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लोगों को बताएं कि देखिए ये फिंगरप्रिंट डिवाइस कितनी अच्छी है और आपके लिए अगर सही है तो आप इसको बाय कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग